बुरे वक्त में एक फोन कर कोई पूछने वाला नहीं था मेरे भाई और आज कामयाब होता देख कहते हैं बोल मत जाना मेरे भाई